इस दिल की बातों में जो आते हैं वो भी दीवाने हो जाते हैं मंजिल तो राही ढूंढ लेते हैं रास्ते में मक...